दोस्तों मेरा नाम राहुल कुमार आपका मेरे यूट्यूब चैनल द वे यू वॉन्ट पे स्वागत है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस चैनल पे बुक से रिलेटेड समरी टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊँगा जिससे आपको जीवन में मदद मिले तो दोस्तों पहला बुक जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है मृत्यु डेथ जिसे सदगुरु ने लिखा है दोस्तों चलिए थोड़ा सदगुरु के बारे में जानते हैं सदगुरु एक आधुनिक गुरु दिव्यदर्शी और एक योगी है विश्व शांति और खुशहाली की दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं सदगुरु के रूपांतरणकारी कार्यक्रमों से दुनिया के करोड़ों लोगों को एक नई दिशा मिली है 2017 में भारत सरकार ने सदगुरु को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया चलिए दोस्तों अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं मृत्यु दोस्तों आज पूरे विश्व के मानव जाति चाहते हैं कि एक अच्छा जीवन जिए हर समय आने पर एक अच्छी मृत्यु भी हो आज मानव जाति ने अच्छा जीवन जीने के लिए हर मुश्किल से मुश्किल कदम उठाए और पिछले किसी भी पीढ़ी की तुलना में आज अधिक आरामदेह और सुविधाजनक जीवन बिता रहे हैं लेकिन जब बात मृत्यु की आती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि हम अपने पूर्वजों से बेहतर हैं या नहीं ऐसे बहुत से तथ्य हैं जो बताते हैं कि इंसान जीवन को बेहतर ढंग से जीने में सफल तो रहा है पर मरने में नहीं इसका मूल कारण है कि हमने कभी मृत्यु को उतना महत्व नहीं दिया जितना जीवन को दिया है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व में हर जगह जीवन का जश्न मनाया जाता है और मृत्यु का शोक यह बात सुनकर आप हैरान हो सकते हैं पर यह सत्य है आप एक बार ज़रूर सोचिएगा हमने अक्सर देखा होगा कि मृत्यु शब्द के उच्चारण मात्र से बातचीत के दौरान खामोशी छा जाती है और तो और बच्चों को अक्सर सिखाया जाता है कि वे कभी इस शब्द को ना बोलें, क्योंकि कदाचित यह भय होता है इस शब्द के उच्चारण मात्र से यमराज अपने लिए निमंत्रण ना समझ लें ऐसा माना जाता है कि मृत्यु लंबे जीवन के अंत में होने वाली एक छोटी सी घटना है परंतु एक व्यक्ति का पूरा जीवन जीने के बाद भी जीवन से जुड़े कुछ सवालों के प्रति अनजान होता है जैसे हम कहां से आए और कहां जाने वाले हैं इसलिए आज इक्कीसवीं सदी में लोगों के बीच मृत्यु को लेकर इतनी भ्रम और डर, डर फैले हुए हैं कि इंसान अपनी नश्वर प्राकृतिक को सहजता से कवि स्वीकार कर नहीं पाया नतीजा यह हुआ कि चिकित्सक विज्ञान की सफलता से अमरता की ऐतिहासिक खोज में एक बार फिर से एक नई जान गई है इस चलिए दोस्तों जीवन से जुड़े कुछ गहरा सवाल है जिसे आपसे पूछना चाहूँगा जैसे जीवन या मृत्यु क्यों और कैसे घटित होते हैं अभी भी काफ़ी हद तक अनसुलझे हैं वैज्ञानिकों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कुछ वैसे ही निर्माण हुआ है उदाहरण के तौर पर कुछ नेत्रहीन लोगों ने एक हाथी के अलग अलग अंगों को छूकर हाथी के बारे में राय बनाने की कोशिश की थी अलग अलग अलग हिस्सों को सही पहचान कर सही पहचान कर भी संपूर्ण से चुक जाना स्वाभाविक है विज्ञान की पहुंच दो सीमा रेखाओं के बीच है जहां से शरीर का निर्माण शुरू होता है और शरीर खत्म होता है क्या आप जानते हैं कि जीवन और मृत्यु का कर्म क्रम हर पल चल चलता रहा है चलिए आपको बताता हूँ अगर आप सचेतन होकर सांस ले तो आप पाएंगे कि हर आते हुए सांस में जीवन है और जाते हुए सांस में मृत्यु उदाहरण के लिए जन्म लेते ही सबसे पहला काम जो एक बच्चा करता है वो है सांस लेना और जो आखिरी काम आप अपने जीवन में करेंगे वो होगा सांस छोड़ना तो आज का वीडियो बस इतना ही तो जाते जाते मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि एक अनदेखी शक्ति यूँ ही ध्यान से सुनिएगा एक अनदेखी शक्ति यूँ ही अचानक जीवन को कुछ समय के लिए शुरू कर देती है और फिर यूं ही उसे अचानक खत्म कर देती है आखिर क्यों इसके आंसर हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद